सास बड़ी जब कतोड़ा सीन देना जीने देना जीने देना ज़िंदगी देना जीने देना जीने देना सुंदर गीतू जीन देना पल le saawan <laughs> hai kyun har lamha <laughs> kyun tad raha chand aaj man pe lagta hai kyun khanjer hai dil mein dhara से क्यों है रात है पत्थर नी है क्यों है रात है जख्मों से है सास भरी जख्मों को थोड़ा